अब तो मतलब 200 तक जाऊं या कोई फरीम ना दूं ये बैग लगे गड़बड़ता जैसा मतलब शर्म नहीं आ रही ओए हो हो हो हो एहे रहा नहीं देख सकल देख मतलब फूल के ये देख लो फूल स्कूल के ये देख लो शर्म नहीं आ रही शर्म करिए करिए और यहाँ पे भाई मैं बता दू कब कर... हाँ हाँ